के रख अखते सजा के तू है मेरी वफा रन के मैं तैरलैया तेरा तैरलैया तेरा न पावे कूरिया मैं जीना हा तेरा मैं जीना हा तेरा तू जीना